हेलो फ्रेंड्स गुड मोदी केयर मार्निंग दोस्तों, दोस्तों, दोस्तों मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में सितंबर 2021 मंथ में न्यूट्रिशन प्रमोशन के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारी मोदी केयर कंपनी के ने 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में जो लोग भी खरीदारी करते हैं तो उनके लिए एक न्यूट्रीशियन प्रमोशन ऑफर दी है आप किसी भी टाइम जो है आप खरीदारी कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कंपनी ने मोदी केयर प्रोडक्ट बास्केट इंक्लूड किया है कि कौन कौन सा न्यूट्रिशन का वेल का प्रोडक्ट अगर आप खरीदारी करते हैं तो कितने की खरीदारी पे कौन सा प्रोडक्ट आपको मात्र एक रुपये प्राइस में दे रही है तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कौन कौन सा अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं कितना तक का तो वेल का प्रोडक्ट कौन सा आपको जो है मात्र एक रुपये डी में मोदी केयर कंपनी दे रही है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मोदी केयर वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम का खरीदते हैं तब भी आपका इसमें जुड़ेगा अगर वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 500 ग्राम का भी खरीदते हैं तब भी आपको यह ऑफर में जुड़ेगा मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स वेल का जो आता है आप भी खरीद सकते हैं वेल का ओमेगा थ्री आर्कटिक इल जो आता है सॉफ्ट जेल कैप्सूल अगर आप इसको खरीदते हैं तभी आपका इसमें जुड़ेगा वेल फ्लैक्स ऑयल अगर आप खरीदते हैं तभी आपका जुड़ेगा और दोस्तों वेल well का इंटेलैक्ट जो आता है कैप्सूल अगर उसको ख़रीदते हैं तभी आपका जुड़ेगा वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स अगर खरीदते हैं तभी आपका जुड़ेगा ये वेल well का अगर आप दो हज़ार तक का प्रोडक्ट खरीदते हैं कोई भी जो मैंने आप लोग को बताया है वेल आल प्लांट मल्टी विटामिन ओमेगा अंटार्कटिक्रील ऑयल फ्लेक्स ऑयल और इंटलेक्ट कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इनमें से दो हज़ार तक का कोई भी ख़रीदारी करते हैं तो कंपनी आपको मल्टी विटामिन जो कि एमआरपी है चार सौ दस मात्र एक रुपये डी में दे रही है याद कर लीजिए दोस्तों अगर मोदी केयर का वेल का आप दो हज़ार तक का प्रोडक्ट खरीदते हैं कोई भी जो कंपनी ने दिया है तो आपको मोदी केयर वेल मल्टी मल्टीमिनरल मल्टी मिनरल चार सौ का मात्र एक रुपये डी पी में कंपनी दे रही है चार हज़ार रुपये तक की खरीदारी करते हैं वेल का प्रोडक्ट का तो कंपनी आपको नौ सौ का जो वेल आर प्लांट प्रोटीन आता है आपको मात्र एक रुपये डीपी प्राइस में दे रही है अगर दोस्तों आप चार हज़ार रुपये तक का वेल का डीपी प्राइस प्राइज़ चार हज़ार रुपया है अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं चार हज़ार डी प्राइस का तो कंपनी आपको दो सौ ग्राम का जो आर प्लांट प्रोटीन आता है नौ सौ छियासी रुपये का मात्र एक रुपये डी में दे रही है तो दोस्तों यह ऑफर सीमित समय तक है सोलह सितंबर से लेकर के यह ऑफ़र पच्चीस सितंबर तक चलेगा अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं लेकिन एक चीज़ याद रखिए दोस्तों अगर इसकी ख़रीदारी आप करते हैं तो ना ही इसका आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा ना ही आपको बिजनेस वैल्यू मिलेगा यह नोट कर लीजिए दोस्तों अगर आप वेल का ये दो या चार का प्रोडक्ट खरीद करके अगर यह ऑफर का लाभ ले रहे हैं तो न तो आपको बिजनेस वैल्यू मिलेगा ना तो आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा आपका जो है प्रमोशन में कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा सिर्फ आपको जो है ऑफर में जो 2000 की ख़रीदारी करता है तो मल्टीविटाम मिलेगा या तो अगर 4000 की खरीदारी करता है तो आप प्लांट प्रोटीन्स मिलेगा 200 ग्राम का तो याद रखिए दोस्तों ये मैंने आप लोग को बता दिया है ये ऑफर सीमित समय तक है आप इसका लाभ उठा सकते हैं और जल्दी से जल्द आप ख़रीदारी करिए सोलह सितम्बर से लेकर के पच्चीस सितम्बर तक गुड मोदी कैरमानी